अब बात मीडिया की टेलीविज़न पत्रकार मैत्रेय कुमारी अब भास्कर डिजिटल पर जल्द खबरें पढ़ते नजर आएंगी मैत्रे बिहार तक से बतौर प्रोड्यूसर भास्कर डिजिटल पहुंची हैं मैत्रेय बिहार टेलीविज़न का एक जाना पहचाना चेहरा है उन्होंने कम समय में अपने काम से अपनी एक अलग पहचान बनाई मैत्रे बिहार के गया की रहने वाली हैं वहाँ से स्कूली पढ़ाई करने के बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और दिल्ली में भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता की पढ़ाई की मैत्रेय को स्क्रिप्टिंग में महारत हासिल है और उनकी आवाज़ में एक नयापन है मैत्रे के वॉइस ओवर भी शानदार होते हैं मैत्रे का खबर पढ़ने का अंदाज भी अन्य एंकर से थोड़ा अलग है भास्कर डिजिटल के काम करने का पैटर्न बिहार तक से थोड़ा अलग है इसलिए हो सकता है मैत्रे को शुरुआत में कुछ परेशानी आए लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके काम करने का तरीका हर मुश्किल को आसान बना लेगा मैत्री जल्द भास्कर डिजिटल की स्क्रीन पर दर्शकों से रूबरू होंगी